हेलो फ्रेंड्स प्रीति किचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके लिए लाई हूँ मसाला बैंगन फ्राई की रेसिपी अगर आप बैगन की सब्ज़ी खा के बोर हो गए हैं तो एक बार बैगन को इस तरह से बना के जरूर ट्राई करें तो इसे आप मसाला बैंगन फ्राई भी बोल सकते हैं या आप इसे बैगन भाजी भी बोल सकते हैं तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं मसाला बैगन फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बैगन लिया है आप चाहे तो इसे मसाला बैगन फ्राई बोलें या फिर बैगन की भाजी भी बोल सकते हैं आपको जो नाम सूटेबल लगे उस नाम से आप बोलिए तो सबसे पहले हम इसके आगे और पीछे के डंठल को काट के हटा देंगे तो थोड़ा थोड़ा हम काट लेंगे जो तो दोनों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा डंठल काट के हटा लेंगे तो देखिए मैंने दोनों साइड से डंठल को काट लिया है अब हम इसे छोटे छोटे राउंड राउंड शेप में इस तरह से काटेंगे हमें इसे ज़्यादा मोटा नहीं काटना है ना ही ज़्यादा पतला काटना है तो देखिए इस तरह से हम बैगन को कट कर लेंगे तो देखिए सभी बैंगन को मैंने काट लिया है आप हम इसे पानी में डालेंगे तो मैंने यहाँ एक बर्तन में पानी लिया है इसमें हम डाल देंगे एक चौथाई चम्मच के आसपास नमक और इसमें हम डाल देंगे बैंगन को और इसे हम डालकर कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इससे जो बैंगन में कसीलापन होगा वो अच्छे से बाहर हो जाएगा तो बैंगन को हम भिगो के दस मिनट के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए पानी में बैंगन को भिगोने के बाद मैंने इसे निकाल लिया है तो चलिए अब हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ एक बॉल लिया है इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तो अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ज़्यादा मात्रा में पड़ता है तो हम इसमें लगभग तीन चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसी के साथ हम डालेंगे हल्दी पाउडर तो लगभग दो चम्मच हल्दी पाउडर अब हम इसमें ऐड करेंगे मिर्ची पाउडर तो तीखा कम या ज़्यादा आप अप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं तो मैं यहाँ लगभग अढ़ाई चम्मच मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर तो लगभग दो चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे इसी के साथ हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर अब हम डालेंगे इसमें जीरा पाउडर तो जीरा पाउडर भी हम आधा चम्मच ऐड करेंगे अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक इसे हम अच्छे से मिला लेंगे हम इसे अच्छे से मिला लेंगे तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो पानी का इस्तेमाल हमें ज़्यादा नहीं करना है थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे तो देखिए मसालों को मैंने अच्छे से मिला लिया है हमें इतना ही गाढ़ा मसाला तैयार करना है हम इसमें और पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल इसे हम फैलाते हुए इस तरह से डालेंगे तो तेल हमारा गर्म है तो अब हम बैगन मसाला तैयार करते हैं तो अब हम एक एक बैगन लेंगे और इसे हम मसाले में अच्छी तरह से डिप करेंगे ये तो देखिए इस तरह से मैंने कोट कर लिया है तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं तो मसालों को हमें बैंगन में अच्छे से कोट करके कढ़ाही में डालते जाना है तो एक एक करके हम सभी बैगन को अच्छी तरह से मसालों में कोट कर लेंगे और उसके बाद हम उसे कड़ाही में डालेंगे तो इसी तरह से हम सारे बैंगन डाल लेंगे तो देखिए सभी बैगन को मैंने मसालों के साथ कोट करके कढ़ाही में डाल दिया है तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल तो तेल को हमें चारों तरफ से फैलाते हुए डालना है ताकि ये मसालों के अंदर अच्छे से जाए और मसाले हमारे पके तो अब हम मसालों के साथ बैगन को लो फ्लेम पर दो मिनट के लिए पकने देंगे तो देखिए दो मिनट हो चुका है तो अब हम इसे सावधानी से पलट लेंगे तो एक एक करके हम सभी बैगन को पलट लेंगे तो देखिए ये एक तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है देखिए कितना बढ़िया से एक साइड से ये पक चुका है तो हम एक एक करके सभी बैगन को इसी तरह से पलट लेंगे और हम दूसरे साइड से भी इसे लो फ्लेम पर दो मिनट के लिए पकने देंगे तो अब हम इसमें डाल थोड़ा सा तेल तो तेल को हमें चारों तरफ से फैलाते हुए डालना है और इसे हमें लो फ्लेम पर दो मिनट के लिए पकाना है तो देखिए दो मिनट हो चुका है मसाला बैगन बनके हमारा रेडी हो चुका है तो मैं आपको पलट के दिखाती हूँ दूसरे साइड से भी तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और ये बिल्कुल भी पक चुकी है तो मसाला बैगन बनके हमारा रेडी है तो अब हम इसे कर, एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे तो आपको मेरा आज का रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इसे चावल दाल के साथ खाए या रोटी के साथ खाए दोनों के साथ ही ये बहुत ही टेस्टी लगती है